हाँ बोलो प्रीति की तबीयत बहुत खराब हो गई है क्या तकलीफ हो रही है मैं उसे रही मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रही कब आओगे अभी-अभी मुंबई पहुंचा हूँ यार पेमेंट लेके फटाफट निकलता हूँ रात तक तो पहुंच जाऊंगा तू फिकर मत कर गुट्टी का ख्याल रखना ठीक है मैं आ रहा हूँ हाँ सर सर जी चारों ट्रिप खत्म हो गई है अब गुटी की तबियत ठीक नहीं है मुझे अब भी जाना होगा सर हम्म हेलो हाँ हाँ सूरज एक इमरजेंसी है यार डॉक्टर सुनिए अभी बेहतर है ऑक्सीजन रखा है आपसे बात करना चाहती है पापा कब आओगे पापा खाना खाया क्या आपने पापा हेलो